विकास के दावे करने वाली भाजपा सरकार का एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है डिंडोरी में पंद्रह लाख से बना पुल एक बारिश भी नहीं झेल पाया और कागज की तरह बह गया यहां सवाल यह खड़ा हो जाता है कि लाखों करोड़ों की लागत से बने पुल पुलिया एक बारिश क्यों नहीं झेल पाते क्या इसकी वजह सिर्फ भ्रष्टाचार है डिंडोरी में बना नवनिर्मित पुल एक बारिश में ही ध्वस्त हो गया ये पुल डिंडोरी जनपद के ग्राम पंचायत जम में पंद्रह लाख की लागत ऐसी बनाया गया था जो कि कमीशन खोरी और फर्जी बाड़ा की भेंट चढ़ गया आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021 तो हजार में मनरेगा योजना के तहत यह पुल बनाया गया था पुल निर्माण दौरान सीएम हेल्पलाइन और अधिकारियों से शिकायत कर गुणवत्ता सुधारने की मांग की गई थी लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और यह नवनिर्मित पुल पहली ही बारिश में कागज की तरह बह गया